सुगैस so खतरों के खिलाड़ी शो में बहुत सारे जानवरों का प्रयोग स्टंट्स के लिए किया जाता है पर प्रगैस खतरों के खिलाड़ी की पूरी हिस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा था और गाइस इस शो में एक स्टंट को ऑर्गेनाइज करने में कितना खर्चा आता होगा सो चलिए जानते हैं उससे पहले गाइस अगर आप भी खतरों के खिलाड़ी शो में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोर ऐसी कर दीजिएगा सो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर वन सुगैस खतरों के खिलाड़ी में बहुत सारे जानवरों का प्रयोग स्टंट्स के लिए किया जाता है प्रगैस बता दे की खतरों के खिलाड़ी हिस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक जानवर था लीचिस जो कि खून चूसती हैं और इस स्टंट में से है हानिकारक साबित हो सकता था नंबर टू सुग खतरों के खिलाड़ी में अगर कोई भी स्टंट करना हो तो उसको करने में बहुत सारी तैयारियां की जाती है हिसाब से एक स्टंट को ऑर्गेनाइज करने में कितना खर्चा आता होगा सो सुगैस बता दे कि स्टंट चाहे डायनामिक हो या कृपी क्रोली हो उसको ऑर्गेनाइज करने में सात से लेकर 10 लाख का मोटा खर्चा आता है सो सुगैस आपको ये छोटी सी नॉलेज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ऐसी कर दीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो आने वाले समय में लाते रहे अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में